हेलो दोस्तों नमस्कार किसान भाइयों किसान भाइयों आप सभी के लिए पता ही हुआ कि सरकार की तरफ से एक न्यू अपडेट्स आ गया है ई e के वैसी दोस्तों किन किन के लिए ई e के वैसी करवाना कंपलसरी है किन के लिए नहीं करवाना इस वीडियो में आपके लिए मैं पूरी जानकारी दूंगा दोस्त मेरा नाम रोहित कुमार है हमारे रुपयापुर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें दोस्तों के वायसी कौन कौन किन किन करवा सकते हैं और कैसे करवा सकते हैं दोस्तों के वैसी करवाना कोई ज्यादा बड़ा भेद नहीं है दोस्त अभी तो यहाँ पे सरकार की तरफ से एक नोटिस और भी आया था कि किन लोगों की किस्ते कब तक डल जाएंगी दोस्तों तो बताया जा रहा है कि एक अप्रैल से दस अप्रैल के बीच में सभी लोगों की किस्ते डल जाएंगी चिंता ना करें फटाफट -फड़ किस्तें निकालें और करें ठीक है हमें दोस्तों ये बताया था कि ई के वैसी करवाना कंपलसरी है या नहीं है हाँ दोस्तों कभी के वैसी करवाना कंपलसरी है तो यहाँ पे सरकार की तरफ से नोटिस आया था कि ये दिखा रहा है कि ई के वैसी न्यू अपडेट्स तो यहाँ पे दोस्त हम बताएंगे के वैसी कब तक करवा सकते हैं कैसे करवा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सरकार की तरफ से नोटिस आया था कि ई ऑफ ऑल दी एम किसान मतलब सभी के लिए कंपल्सरी है ई करवाना तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि बाईस मई तक यहाँ सभी लोग के करवा सकते हैं यहाँ पे आखाया जा रहा है कि बाईस महीने तक की के वैसी करवाना बहुत ही कंपल्सरी है बहुत लोग हैं जिनके आधार पर मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है वो के कैसे करवा सकते हैं तो इसका भी सुलिस सरकार ने निकाल दिया है कि जिनके आधार पर मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है वो भी करवा सकते, है। कर सकते हैं लगा हुआ है वो भी करवा सकते हैं दोस्तों के मैं ये बताऊँ कि जिनके आधार पर मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है वो जनसेवा केन्द्र पर ही जाकर करवा सकते हैं और जिनके आधार पर मोबाइल नंबर लगा हुआ है वो घर बैठे अपना पीएम किसान के वैसे ही कर ले तो इसमें करने के लिए बहुत बड़ा कोई जानकारी लेना या बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है जो किस्त अप्रैल में डल अप्रैल में किस्त डालने के बाद 22 में तक लिए कंपलसरी करवाना ही करवाना होगा पीएम किसान के वायसी तो दोस्तों फटाफट जाके अपनी के करवा लें जिससे आपकी किस्त में कोई रुकावट ना आए वर्नर रुकावट आने के बाद आपके लिए बहुत बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है दोस्तों इसमें मैंने आपके लिए पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से केवाईसी हो सकती है नहीं हो सकती है किनको करवानी है किनको नहीं करवानी है दोस्तों अगर मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा उस वीडियो में आपके लिए पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरह से अंगूठे से केवाईसी करते हैं किस तरह से मोबाइल नंबर ओ डाल के वैसे करते हैं इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इस वीडियो में मैंने नहीं बताया है कि के वैसी प्रोसेस कैसे करते हैं दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद दोस्तों हमारे चैनल को लाइक